तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसी भी नंबर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे एक्सेल में जैसे यहाँ पे अगर माइनस है मुझे इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे बोलते हैं ये सिंपल तरीका है कि माइनस को सेलेक्ट माइनस में इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो माइनस जो है प्लस हो जाए क्योंकि मैथमेटिक्स में माइनस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू तो माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आपके सामने आ गया माइनस से प्लस हो गया प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें हम प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो so, मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हम एक्सक्लूड कर सके मतलब कि हमारा प्लस प्लस रहे पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव में रहे और जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव में हो जाए तो so, इसके लिए फॉर्मूला होता है एबीएस का हम एबीएस फॉर्मूला सेलेक्ट करके नीचे ड्रैक करेंगे तो देखेंगे कि आपका प्लस जो है प्लस ही है और माइनस आपका प्लस हो गया बेसिकली इसका यूज कब होता है यूज होता है जब आपके पास कोई डेटा आया है जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्रेडिट हुई से होती है, बस है। आपकी सैलरी पच्चीस हजार आया और आपको जो है क्रेडिट कार्ड से छह हजार का कैश बैक मिला तो छह हजार का जो डेटा आएगा वो आपके लिए माइनस में आएगा क्योंकि आपका प्लॉस है लेकिन उसका तो माइनस है ना तो माइनस में तो आपकी इनकम कितनी हुई आप इनकम को जोड़ोगे तो क्या होगा इसमें तो ना सर क्योंकि आपने छ हजार का खर्चा किया था आपने ये मान लीजिए कि आपने छह हजार का खर्चा किया था वो आपको कैश बैक के तौर पे रिफंड आया ये आपके लिए तो इंटरन नहीं है ना सर क्या सर तो ये जो हुआ हमारा तो इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे इसको पर प्लस करने से पहले इसको ए बी लेंगे और इस पर फिर प्लस करेंगे तब तो जाके आपकी इनकम जो है इस महीने की इकतीस मानी जाएगी तो एवीएस फॉर्मूला इसका यूज हम करते हैं इसका यूज हम बहुत सारे जगहों पे भी करते हैं आपको टैक्स फार्मूला में रैप फार्मूला समझाया था तो रैप फार्मूला में भी इसका किया जा सकता है चलो